तेरा लौट कर वापस आना मेरा तुझे भूल पाना तेरा लौट कर वापस आना मेरा तुझे भूल पाना इतना आसान जैसे समंदर को तैर के पार कर पाना एक कश्ती भी बनाई है मैंने एक उम्मीद में एक एक कश्ती भी बनाई है मैंने एक उम्मीद में पर तेरा एक ख्याल और मेरा उस ख्याल में बह जाना